प्रंस ये भैया का ऑपरेशन हुआ है क्या आप बता सकते हो इस भैया के क्या किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है आखिर इन्हें क्या बीमारी थी क्या आप बता सकते हो इस भैया को मुंह पर क्या बीमारी थी किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है